हेलो दोस्तों मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में परिसंचरण तंत्र के बारे में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये और यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको ये टॉपिक लेके आया इस वीडियो में और बहुत ही अच्छे से हम इसको कवर करेंगे और तीन पार्ट्स में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में मैं आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा सा समझाऊँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मानव और अन्य कशेरुकी प्राणी जो भी आपकी जटिल संरचना वाले प्राणी होते हैं उनको हम कशेरुकी प्राणी बोलते हैं और इनकी देखिए खासियत ये होती है कि जो भी कशेरुकी प्राणी होते हैं इनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ठीक है इनको हम स्तनधारी भी कह सकते हैं अंडे ना देने वाले प्राणी जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा मानव और अन्य कशहरों की प्राणियों में शरीर के विभिन्न पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए एक सुविकसित समूह पाया जाता है जिसको नाम दिया गया परिसंचरण तंत्र देखिए यहाँ पर देखिए इन प्राणियों को परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी देखिए कोई भी जैसे हम मानव की बात करें मानव जो होता है उसको भी देखिए पोषक पदार्थ जो है पूरे शरीर में पहुँचाने के लिए एक पूरा सा स्ट्रक्चर चाहिए ठीक है इसी स्ट्रक्चर का काम है इन सभी पदार्थों को शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना, मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना और सब कुछ एकदम सुविकसित तरीके से होता है आपके शरीर के अंदर ऐसा होता है और आपको पता भी नहीं चलता और बिना किसी कष्ट सह सब कुछ हो जाता है ठीक है एक दिन में जो आपका जो डेली का रूटीन होता है ठीक है यहाँ पर ये सब परिसंचरण तंत्र के वजह से ही होता है दोस्तों आगे अगर हम इसमें बात करें तो देखिए कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं ठीक है जो अकशेरुकी जीवों में भी पाए जाते हैं मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कशेरुकी जीव नॉर्मली इसमें पाए जाते हैं जबकि अकशेरुकी प्राणी भी कुछ अपवाद स्वरूप इसमें पाए जाते हैं यहाँ पर कई सारी नलिकाएँ होती हैं इन नलिकाओं से ये पूरा परिसंचर तंत्र जो होता है बना होता है और इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से जो भी पोषक पदार्थ हैं वो सभी एक अंग से दूसरे अंग तक संचरित होते हैं ठीक है तो केवल यहाँ पर हम पोषक पदार्थों की बात नहीं करेंगे आपके लिए जो भी शरीर में अंग होते हैं ठीक है जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें हमारे शरीर में पोषक पदार्थ होते हैं विटामिन्स ग्लूकोज इन सब का जो संचरण होता है वो भी हम परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही देखते हैं यहाँ पर हो रहा है हारमोन्स का परिसं परिवहन जो शरीर में होता है वो भी परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है और ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है शरीर में वो भी परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही होता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शरीर के विभिन्न अंगों में क्या हो रहा है विटामिन ग्लूकोज और अन्य पोषक पदार्थों को ये पहुँचाने का काम करता है यूरिक एसिड को उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाने का काम होता है इसके द्वारा यहाँ पर हम कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन में भी ये मदद करता है परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र द्वारा गैसों का भी परिवहन किया जाता है ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ों से उत्को एवं कोशिकाओं तक होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमको पूरा पूरा यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो परिसंचरण तंत्र है वो एक काम के लिए नहीं है आपके जितने भी शरीर में ट्रांसफर हो रहा है मतलब जो भी एक अंग से दूसरे अंग तक पोषक पदार्थ हो गया ऑक्सीजन हो गए हार्मोन्स हो गए इन सब का जो संचरण का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है परिसंचरण तंत्र करता है और इसीलिए ये होता है हार्मोन को लक्षित करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है मतलब जो हारमोन्स होते हैं जैसे स्त्री और पुरुष के जो हारमोन्स होते हैं इनको भी लक्षित करने का काम करता है इस प्रकार परिसंचरण तंत्र पदार्थों गैसों एवं उत्सर्जी तंत्र के पदार्थों हेतु सुविकसित तंत्र है कैसा थे थे तंत्र है सुविकसित तंत्र है परिसंचर तंत्र के अगर दोस्तों मैं कार्य की बात करूँ तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका पोषक पदार्थों का परिवहन करना पोषक पदार्थों के परिवहन में ग्लूकोज विटामिन, वसीय अम्ल आदि इन सभी को ये क्या करता है अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है ठीक है अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है नाइट्रोजन का परिवहन इसमें यूरिक अम्ल और यूरिया यूरिक अम्ल और यूरिया इन सभी को जी क्या करता है उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है ये सभी क्या होते हैं ना अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं शरीर के, है। के अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल क्या होता है ठीक है जैसे आप बाथरूम जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं यूरिन करते हैं यूरिन यूरिक अम्ल ठीक है ये सब क्या होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ समय बाद ठीक है तो नाइट्रोजन का परिवहन इसको बोलेंगे ठीक है नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट पदार्थ इसको हम बोलते हैं हारमोन्स का परिवहन होता है इनके द्वारा शरीर के जो हारमोन्स होते हैं ये सभी अंताश्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हारमोन्स हैं और इनको ये लक्षित करने का काम करता है और जो भी इनके अंग होते हैं वहाँ तक के ले जाने का ही काम करता है परिसंचरण तंत्र ऑक्सीजन का परिवहन करने में भी इसकी अहम भूमिका होती है शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ये क्या करता है फेफड़ों से निकालता है और शरीर में उत्कों तक तथा कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है दोस्तों परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो देखिए परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होते हैं एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र ठीक है दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर हम खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचन तंत्र को कल बिल्कुल अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बात करते हैं परिसंचन तंत्र के चार घटकों की तो देखिए परिसंचन तंत्र में जो चार अहम घटक हैं उनमें पहला है रुधिर दूसरा हृदय तीसरा रुधिर बाहिकाएँ चौथा होता है लसिका ये चार क्या होते हैं परिसंचन तंत्र के अहम घटक होते हैं रुधिर परिसंचन तंत्र की खोज विलियम हार्बे ने की थी तो इसको भी याद रखिएगा और कल इसी वीडियो के आगे मैं एक और वीडियो ले के और इसी के नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पूरा हम डिटेल्स इस टॉपिक को कवर करेंगे तीन वीडियो में ठीक है आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ठीक है ओके बाय बाय